हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी आपको कि आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग रहने वाला है अलग क्यों रहने वाला है फ्रेंड्स वो इसलिए क्योंकि जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ना तो किसी इंसान से रिलेटेड रे है और न ही किसी जानवर से वो रिलेटेड है एक निर्जीव वस्तु से जी हाँ एक निर्जीव वस्तु से जो बोल नहीं सकती कुछ कह नहीं सकती अब आप सोच रहे होंगे की वो वस्तु क्या है तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम ही है बेजुबान की आब्बीति जी हाँ फ्रेंड्स मेरे टॉपिक का नाम है बेजुबान की आब्बीती अब ये बेजुबान कौन है क्या है उसको ब, उसका नाम बताने से पहले मैं आपसे एक क्लियर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा होगा ये दुनिया ही ऐसी है की जब तक हमें किसी से काम रहता है तब तक तो हम उसको पूछते हैं उसकी वैल्यू करते हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और जैसे हमारा काम मतलब किसी से खत्म हो जाता है चाहे वो इंसान हो जानवर हो या कोई घर की रखी हुई कोई निर्जीव वस्तु तो हम उसको क्या करते हैं या तो हम इंसान है तो इंसान को उठा के हम ब्लॉक कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं जानवर है अगर जानवर हमारे किसी काम का नहीं रहा या वो बुजुर्ग हो गया या उस वे कोई स्पार्ट खराब हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं उसको उठाकर सड़क के किनारे घर से कहीं दूर छोड़ आते हैं इसी तरह से कुछ बेजान वस्तुएं होती है हमारे घर में पड़ी हुई जिनका यूज नहीं होता है तो हम उसको उठाकर उसको तो कवार के ढेर में फेंक देते हैं या कवाड़ी को दे देते हैं या फिर स्टोर में जाकर रख देते हैं इसी तरह से फ्रेंड्स जो मेरा आज का टॉपिक है जो मैंने लिया है वो भी कुछ ऐसे ही चीज से रिलेटेड है लेकिन मेरे नजरिए में फ्रेंड्स जो हमारे घर है हमारे घर को भले ही बेड हो सोफ़ा हो अमीरा हो इन सब चीज़ों सजाया जा सकता है लेकिन इससे पहले जो मेन जरूरी चीज़ है जो हमारे घर को घर बनाती है वो होती है फ्रेंड्स हमारी झाड़ू जी हाँ फ्रेंड्स आज का मेरा मेन टॉपिक यही है और जो मेरे टॉपिक में जो जो बेजुबान है वो है हमारी प्यारी झाड़ू हाँ, मैं इसको प्यार हाँ कह रही प्यारू फ्रेंड घर को घर बनाने में जो सबसे मेन रोल होता है वो होता है झाड़ू का क्योंकि अगर झाड़ू नहीं होगी तो हमारे घर में साफ सफाई नहीं होगी धूल मिट्टी जाले वाले सब चारों तरफ लगे रहेंगे जो कि एक गंदगी का ढेर है और जब तक ये गंदगी घर के अंदर रहेगी तो ये सब चीजें कोई वैल्यू नहीं देंगी चाहे आप घर में सोफा लगाइए कर्टन लगाइए पेंट करवाइए इन सबकी कोई वैल्यू नहीं जब तक घर में साफ सफाई ना हो धूल मिट्टी घर की ना हटियो फ्रेंड जो आज की मेरी जो मेन हीरोइनी कह लीजिए जो मैं वीडियो में मेन हीरोइनी है वो है हमारी झाड़ू जी हाँ झाड़ू जिसका यूज़ भी हम एक इंसान की तरह ही हर एक काम के लिए किया जाता है ना तो सिर्फ हम इस झाड़ू का जो घर की साफ़ सफाई के लिए करते हैं बल्कि झाड़ू का जो झाड़ फोझ करने के लिए जाले छुटाने के लिए इवन यहाँ तक कि झाड़ू का मल्टीपल का तो तो काम के लिए हम झाड़ू का यूज करते हैं लेकिन जब वो झाड़ू बेचान हो जाती है टूट जाती है छोटी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं उसको उठाकर या तो स्टोर रूम में फेंक देते हैं या फिर कचरे के ढूंढ में कूड़े में जाकर फेंक देते हैं तो उसी तरह फ्रेंड्स मैंने हर इंसान की तरह जैसे हम लोग इंसानों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम तो बोल के कह के अपने दुख को तकलीफ को हम जाहिर कर देते हैं लेकिन जो एक झाड़ू होती है वो बेचारी बेचान है बोल नहीं सकती है तो उस पर क्या बीतती होगी अगर उसकी जुबान होती तो वो क्या सोचती तो उसी का दर्द को सोचते हुए समझते हुए तो मैंने इसका एक हल निकाला है और उम्मीद करती हूँ कि मेरा वो हल आपको पसंद आएगा अगर फ्रेंड आपको मेरा वो हल मेरी वो वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो मैंने चलिए फ्रेंड मैं बताती हूँ कि मैंने वो क्या हल निकाला है जो कि मैं चाहती हूँ जिससे कि हमारी प्यारी झाड़ू के साथ थोड़ा सा जस्टिस होगा उसको थोड़ा सा न्याय मिलेगा वैसे ठीक है फ्रेंड देखिए हर चीज़ है हम इंसान भी हैं एक लिमिटेड पीरियड के बाद हमें भी दुनिया छोड़ के जाना होता है तो ये नेचर का नियम है हर चीज़ जो आई है वो जाएगी भी तो मैं मानती चलो झाड़ू आई है जाएगी भी लेकिन कम से कम उसकी जितनी लाइफ है जितना उसको समय और मिलना चाहिए उसको उतना हम दे और उसके बाद ही हम उसको अलविदा कहें तो फ्रेंड्स चलिए आगे मैं का मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का लाभ व्यस्त करते हुए मैं अपने व्यूज अपने विचार आप तक पहुँचाऊंगी वीडियो के जरिए तो आइये ये वीडियो देखते हैं अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू ऐ हो के बात